हेलो एवरीबॉडी आई हो बहुत अच्छे होंगे आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर आया हूं गाजियाबाद न्यू बस यानी कि सईद स्टल मेट्रो स्टेशन जो कि पड़ता है मेरठ रोड पर तो आज आप लोगों को वही देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो अभी हम यहां से स्टार्ट कर रहे हैं हापुड़ मोड़ से और चलेंगे आगे सईद स्टल मेट्रो इस्टेसन रेड लाइन के लिए दोस्तों गाजियाबाद का ये पहला रेड लाइन का मेट्रो स्टेशन है दूसरों और दोस्तों सेकंड मेट्रो स्टेशन है वो है आपका हिंडर रिवर अर्थला मोहन नगर ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा और ये दिलशाद गार्डन में जाके एंड हो जाएगा तो दिलशाद गार्डन का लास्ट मेट्रो स्टेशन है दोस्तों वो डेली में आ जाता है रेड लाइन का दोस्तों तो बहुत लंबी चौड़ी लाइन है ये तो मैंने क्यों ना आप सभी को दिखाया जाए और बताया जाए दोस्तों तो आज आप सभी को देखने के लिए मिलेगा क्योंकि मेरठ रोड पे दिल्ली मेरठ आरआरटीएस कॉरिडोर जो निकल लिया उसका स्टेशन बनाया जा रहा है जो कि बहुत बड़ा स्टेशन होने वाला है दोस्तों और भविष्य में वहाँ से दो लाइने निकाली जाएँगी एक तो जाएगी हापुड़ के लिए और दूसरी चली जाएगी आपका खुर्जा के लिए दोस्तों तो इसी वजह से इसमें बहुत बड़ा स्टेशन बनाया गया है गाजियाबाद आर स्टेशन दोस्तों तो अभी तेज़ी के साथ में उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है वो आप सभी को आगे देखने के लिए मिलेगा और ये है रेड लाइन का शहीद स्थल मेट्रो स्टेशन वो लिखा हुआ भी है दो... दोस्तों जो कि ये चला जाता है कश्मीरी गेट के लिए कश्मीरी गेट तीस और इधर सीधा निकलेगा जाके ये आपका बहादुरगढ़ की साइड में दोस्तों तो काफ़ी लंबी चौड़ी लाइन है ये रेड लाइन दोस्तों तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को दिखाया जाए और बताया जाए तो देख सकते हैं मेरे राइट हैंड पर ये आर के स्टेशन आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा जो कि कंस्ट्रक्शन अभी बहुत तेज़ी के साथ में चल रहा है और जो साइडों के डिजाइन बनाने का काम चल रहा है देख सकते हो रूफटॉप का काम हो चुका है ऊपर और इसमें इस्क्रीन डोर्स लगाए जा रहे हैं अभी प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर से लगाए जा रहे हैं और इस पर तेजी के साथ में इस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है दोस्तों और देख सकते हैं ये फूड कोर्ट बनाया जा रहा है इस साइड में जो कि चार पांच मंजिल का ये भी होने वाला है तो इसे आपको बता दूं कि ये रेड लाइन को भी क्रॉस कर रही आ रहा है टी और एक फ्लाई को क्रॉस कर रही है तस्वीरें आप लोग देख सकते हो और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए के पी को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों केपी संत लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है तो देख सकते हो ये रेड लाइन जारी है सीधे सीधे और आगे आने वाला है हिंडर रिवर का मेट्रो स्टेशन रेड लाइन दोस्तों और उसी के बगल में है गाज़ियाबाद का शमशान घाट जो हिंडन रिवर के बगल में ही बना हुआ है काफ़ी लंबा चौड़ा ये दोस्तों शमशान घाट है और वहाँ पर अब तीन ब्रिज बना दिए गए हैं एक तो जो पुराना था वो ख़राब हो गया था उसको दोबारा बनाया गया है नया और वसुंधरा वैशाली जाने के लिए ब्रिज बनाया है और उसी को ये क्रॉस कर रहा है दोस्तों हिंडन एलिवेटेड तो वो भी 10 किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों जो कि हमारे यूपी गेट से स्टार्ट होता है और ये राजनगर एक्सटेंशन में जाके एंड हो जाता है दोस्तों तो इसके बन जाने से ट्रैफिक बहुत कम हो चुका है पहले गाज़ियाबाद से दिल्ली जाने में बहुत ज़्यादा ट्रैफ़िक में फंसना पड़ता था आम पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशान रहती थी और इधर तुम्हारा ये एन एस भी नहीं बना था तो अब तो एन एस भी बना दिया है जो कि 18 लेन का है दोस्तों और इधर ये एलिवेटेड रोड बना दी है तो अब जाके थोड़ा सा राहत मिली है पब्लिक को तो देख सकते हैं ये ब्रिज नया बनाया था हिंडन रिवर के ऊपर दोस्तों जो कि क्रॉस कर रही है हिंडन रिवर को और ये जा रहा है बसुंदरा वैशाली के लिए तो ये देख सो सामने चमक रहा है ये हिंडन एलिवेटेड रोड दोस्तों और बगल से ही हिंडन गुजर रही है तो आप लोगों को आगे देखने के लिए मिलेगा तो देख सकते हो आप लोग तस्वीरें सामने ये आ चुका है देख सकते हो दिल्ली मेरठ आर आर टी एस का गाज़ियाबाद में जो स्टेशन बनाया जा रहा है दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो कंस्ट्रक्शन वर्क भी तेज़ी के साथ में चल रहा है और ये रेड नाइट गुजर रही है और बगल में ये फ्लाई है दोस्तों तो आप बता दो राइट हैंड पर है ये सिद्धार्थ विहार का फ्लाई बोला जाता है दोस्तों मेरठ रोड पर जो बनाया गया और यहाँ से हम ये मेरठ रोड के लिए हो जाएंगे लेफ्ट में तस्वीरें देख सकते हो ये कोने पर ही आर का स्टेशन बनाया है जो काफ़ी ऊंचा है इसमें फोर्थ फ्लोर के बाद में फिफ्थ फ्लोर पे दोस्तों ये स्टेशन आता है तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अभी कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और यहाँ पे ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाने का काम चल रहा है ये पिलर तो बना दिए इन्होंने और पिलर कैप बनाने का काम चल रहा है अभी इस टाइम पर तस्वीरें देख सकते हो जो स्टेशन है वो कितना लम्बा चौड़ाएगा देख सकते हो आप लोग और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के संत के चैनल पर दोस्तों So I'm kind gonna of put a fly Baby you give me midnight on You with my all the day Don't leave me दोस्तों कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो हमें लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों और जो अगला वीडियो आने वाला है वो आप लोगों को मिलेगा गोल्टर और दोहाई स्टेशन के बीच का दोस्तों क्या क्या उस पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है इस टाइम पर बहुत तेज़ी के साथ में क्योंकि मार्च में इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा दोस्तों अभी ट्रायल रन चल रहा है तेज़ी के साथ में मेरे प्यारे दोस्तों तो मैं तो ही वीडियो लाता रहता हूं आप सभी लोगों के बीच में आप लोगों को इंटरटेन करता रहता हूं आप लोगों को बताता और दिखाता रहता हूं कि कहां कहां कितना कंस्ट्रक्शन वर्क कम्प्लीट हो चुका है कहां कहां चल रहा है अभी कितना टाइम लगेगा वो सब कुछ आप लोगों को के संत के चैनल पर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों पर तो ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो के संत के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करो दोस्तों ठीक है चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाय मिलते किसी नई वीडियो के साथ मैं आप सभी से धन्यवाद आप सभी का